दिल्ली को दो वन्ना जी पो चेला राजनीतिका नर्क मपस की कर दो पलबर माया पल रंग बदल दो गिरगिट भी क्या चीज हे कुल गुरु गिर गिट का चरमूमा बेटे पूजा दे दो तू नो पूरण सिक्का बजू तो तू कर तो दीदा हेलो हिलााय हमने कभी हाथ तू देख कमाल कभी हाथ तू देख कमाल पेट भरिन सपन अपना जनता सोचिना जनता को विकास करी पोती कह की, के की भी भूत भी भगोंदा लो देवता भी पूजदा जगत भूत भी भगोंदा लो दोन तुए तो कर